क्या होगा अगर आज की तुलना में ऑक्सीजन दोगुना हो जाएगी तो नंबर वन कागज से बने हवाई जहाज लंबे समय तक हवा में उड़ेंगे नंबर टू हमारे वाहन कम पेट्रोल डीजल में दूर तक यात्रा कर लेंगे नंबर थ्री हम आज की तुलना में अधिक खुश रहेंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे यानी सुस्ती लगभग खत्म हो जाएगी नंबर फोर कीड़ों का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा क्यूँकी कीड़ों का आकार ऑक्सीजन आरोप निर्भर करता है नंबर फाइव हम कम बीमार होंगे क्यूँकी इम्यून सिस्टम ज्यादा पावरफुल हो जाएगा लेकिन हम जल्दी बूढ़े होने लगेंगे